पेन लगाना तो पेनफुल नहीं होता ना उसके जब मसल को ये देखो कितना उठा हुआ है फील हो रहा है है सारा प्रेशर सी पे है। इसी को बेटर करने के लिए तो कर रहे हैं ये चीज कपिंग से या किसी और से बेटर नहीं होता ना तो गौरव नीचे आपका मासा लगता है हाँ राइट right साइड उठी हुई है ये सारी चीज़ें वीकनेस है कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड ये नेक तेरी बेटर है या नहीं है बेटर लग रही है लग लगर एन्दू निकाल दो। सपोर्ट है इससे लगर एन्दू ठीक है बट ये शोल्डर राइट ही है ना लेफ्ट लेफ्ट ही लेफ्ट से, से खेलता है राइट तो कम्पेटिवली right तो काफ़ी वीक है ये जब ये बाहर निकल जाता है इसका मतलब यहाँ पे ये मसल्स वीक होने लग गई है अब ये इसका ट्रीटमेंट के बाद है बहुत अच्छी शेप आ रही है जैसे कि हम फर्स्ट डे देख रहे थे उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा ज़्यादा उठा हुआ है इस पे ज़्यादा है है क्योंकि प्रेशर पड़ता वीक वेरी गुड पहन ले टीशर्ट अब कैसा फील हो रहा है इस क्या चीज चेस्ट चेस्ट तो नहीं। नहीं। तो तो ऐसा था था। खुल रही थी बैक रही थी ना तो यही तो हम फर्स्ट डे भी करना चाह रहे थे और आई एम श्योर हंड्रेड परसेंट खुल जाएगी लेट जाए दोबारा से एडजस्टमेंट करेंगे एडजस्टमेंट उस दिन भी कराया था डर लगा था तुझे आज तो नहीं है आज वो खींचने वाला नहीं करेंगे हाँ तेरी हाइट हाइट हाइट क्या है? है है? है वेरी गुड। गुड फिर फिर तो तो तो, अच्छी फादर तुझे ऑल होना चाहिए अभी अभी तो ना? में सो रीजंस यू विल बिकम मोर टॉलर। उट नाइस। टर्न मेरी तरफ टर्न करो शोल्डर बैक, इजी उस तरफ नाइसली ओपन अप योर लोअर बैक फील हुआ खुलते हुए है yeah. ना नीचे वाला बैक इजी ये भी बहुत अच्छे से स्ट्रेट रिलैक्स इजी इजी वेरी गुड थोड़ा सुपर आ जो इजी बैठेंगे अब हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो हमको देखते हैं है ना आ, उनके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहते हो अपना एक्सपीरियंस तो बता सकते हो वर्टेप वर्टे तो यह है कि तू थका भी होता है ना तुझे लेटने को मिलता है लोग तेरे पर काम करते हैं है ना पर एक चीज़ हमेशा समझना कि ह्यूमन बॉडी इज़ ऑल्सो अ मशीन इसका भी ध्यान रखना पड़ता है इसकी भी सर्विसिंग करनी पड़ती है इसमें भी चीज़ें ख़राब होती हैं इसको भी ठीक करना होता है तो इंसोल दे दिया हमने इसको अभी 10 दिन के लिए बुलाया है एवरी सेकंड डे है ना तो जैसे कि थर्सडे तो अभी सैटरडे को आएगा है ना फिर मंडे को आएगा इस तरह से वीक में ये थ्री डेज हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आएगा अगर कोई और चेंज होगा इसकी बॉडी में या कोई और चीज़ बतानी होगी तो हम व्यूवर्स को वो भी बताएँगे तो व्यूर्स अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हो अगर आप भी स्पोर्ट्स खेलते हो आपको कहीं पर भी रहते हो अगर आपको ये थेरेपीज़ करानी है तो आप हमारे पास आ सकते हो या अपने आसपास के किसी भी फिजियो से ये सारी चीज़ें बता सकते हो इंसॉल भी हम कस्टमाइज़ करते हैं आप बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हो तो हमने सूर्या की नहीं बनाई थी अगर उससे रिलेटेड भी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और सूर्या आप भी हमारा चैनल लाइक कर सकते हो अपने आप देख सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो